गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे दो युद्ध में मारे गए जोरावर सिंह की उम्र नौ साल थी वजीर खान ने डिक्टेट टम किया मुगलों की हुकूमत थी 1705 की घटना है ये इस्लाम कबूल कर लो साहबजादा जोरावर नौ साल की उम्र साहबजादा फतेह सिंह 12 साल की हुकूमत 26 दिसंबर को दोनों को ईटों में चुनवा दिया गया और उनकी लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं दी गई क्या हम 26 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे नहीं मनाना चाहिए क्या इस देश के बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि जो लोग आज कश्मीर के कुछ नेता और इस देश में 99 परसेंट मुसलमान जो कन्वर्टेड है जिन्होंने तलवार के जोर पर शलवार पहन ली थी जिन्होंने दो रुपए किलो चावल के चक्कर में धर्म बदल लिया था वो जरा साहब साहबजादा जोरावर सिंह से पूछे कि नौ साल के बच्चे ने कहा कि मैं धर्म नहीं बदलूंगा किसी कीमत में तुम मुझे चाहे ईटों में चुनवा दो। दोनों सगे भाई चुन दिए गए और उनकी मां माता गुर्जरी जब उनको इस घटना का पता चला तो सदमे में मौत हो गई लेकिन क्या सब कुछ उन्नीस के बाद से तय होगा भारत उन्नीस से पहले भी था पांच हजार साल सिर्फ ब्रिटेन है कई हजारों साल से है जब से ये सृष्टि है हमारे तीन नाम है जो दिल चाहे कर लो कभी कभी लगता है कि जैसे चौराहे पे रेड लाइट लगी हो और उसके तीनों तार मेन लाइन से मिला दीजिए तीनों ऑन हैं। कोई इंडिया कह रहा है कोई हिंदुस्तान कह रहा है कोई भारत कह रहा है आप तय नहीं कर पा रहे हम क्या हैं हम भारत क्यों नहीं कहते इसको लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है उनका भी है वो सरकार का काम है सरकार जो करती है वो करे मेरे मन में जो हीरो है वो हीरो है जो नहीं है वो नहीं है किसी को बुरा लगता हो तो लगे और दुनिया का कोई कानून मुझे अपना हीरो चुनने में, में मेरे लिए बाधा नहीं बन सकता कि ये कानून है इसको हीरो मानू में नहीं मानता मेरा हीरो सुभाष चंद्र बोस है मेरा हीरो सावरकर है शिवाजी है मुझे अगर इसी पे तय करना है तो मैं किसी महान को हीरो मानूंगा मैं बोनो को क्यों हीरो मानूं भाई क्योंकि वो नहीं है वो जवाब नहीं दे सकते हजारों सवाल हैं उनसे भी मेरे बहुत हैं और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा ठीक है भारत सरकार का मामला है वो वहां है अभी आरटीआई कहती है कि उन्हें किसी ने महात्मा नहीं कहा था लेकिन ठीक है जैसे भी थे वो रहे लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं महात्मा गांधी की गोली लगी उन्होंने कहा हेराम किसने सुना था कौन था वहां कान लगा के कौन सुनना था कि हेराम कह रही है और कौन इतना बहादुर था कि गोली चलते में वो सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा है हमने क्या गड़ा है यार सच बात तो बोलो सच तो कहो यार हम तो किसी पदवत पे नहीं है हमारी कौन सी सत्ता जा रही है लेकिन लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस सुनते सुनते पागल हो गया मैं लेकिन इस नॉन वायलेंस ने 21 लाख लोगों की लाशों पर ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हुआ ये देश इसलिए भूलना चाहता है कि इस देश को सच सुनने और सच कहने की आदत नहीं है सत्तर साल में ये आदत डाली गई है कि झूठ बोलो और ऐसी बात कहो जिससे किसी को तकलीफ ना हो चाहे आप तकलीफ में मर जाएं, नौखली का दंगा हो रहा था बंगाल में जो दंगा हो रहा था जो पंजाब में रेप हो रहे थे यह उसी समय की घटना है जब दिल्ली में विजनरी प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और 15 अगस्त का झंडा फहरा थे कभी कभी मुझे लगता है कि पड़ोसी मुल्क में 12-13 साल का वास्ता रहा है आप कुछ चीजों में गाली दे सकते हैं जी यह आजादी का झंडा जब फहराया जा रहा था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बारे में आप कोई भी राय बनाएं लेकिन जो बात किसी ने की उसकी तारीफ करनी चाहिए हमारे यहां क्या हुआ ये कहा गया कि तिरंगा तो लहरेगा लेकिन यूनियन जैक को हटाया नहीं जाएगा बड़ी मिन्नतें की गई जिनको ट्रांसफरों के पावर मिली थी उनको लगा कहीं बाद में तो मैं अकेला रह जाऊंगा यह तो बचाने आएंगे नहीं मुझे लिहाजा बाद में यह कंप्रोमाइज हुआ कि यूनियन जैक को पूरे शान बान के साथ धीरे धीरे उतार के रख दिया जाएगा लेकिन पड़ोसी मुल्क ने क्या किया पड़ोसी मुल्क ने यूनियन जैक को उतारा उसमें आग लगाई और फिर झंडा फहराया इसी तरीके से आपने सिर्फ ये नहीं किया आपने उस झंडे के बाद जो तथाकथित आजादी थी जिन लोगों से आजादी लेनी थी वो लोग आपके 48 तक यहां मौजूद थे भारत के अंदर भी माउंट बैटिन मौजूद थे और पाकिस्तान में भी थे और दोनों सेनाओं के चीफ थे और हम लड़ रहे थे और उन्होंने पीछा तो हमारा इकहत्तर तक नहीं छोड़ा जब माउंट बैटिन की डेथ हुई तो इंदिरा गांधी ने भारत की सेना की एक टुकड़ी भेजी उन्हें सल्यूट देने के लिए कि उनके पिताजी की हम तो कमाल का काम किया ये देश कैसे चल रहा था यार इसलिए मैंने एक पूरी क्रोनोलॉजी बनाई कि सुभाष चंद्र बोस इक्कीस अक्टूबर 1943 के अंदर आजादी की घोषणा करते हैं सिक्का चलाते हैं करेंसी चलाते हैं बैंक चलाते हैं दुनिया की 11 देश उनको मान्यता देते हैं जिसमें यूएसएसआर भी है अब इसको मैं कॉन्स्परेसी न कहूं तो क्या कहूं एक शख्स तैतालीस के अंदर मोयन में आता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में कब्जा कर लेता है झंडा फहराता है शौकत मलिक से कहता है आप जाइए दिल्ली के अंदर झंडा फहराइए और वो आदमी भी गायब हो जाता है और सैंतालीस आते आते सुभाष चंद्र बोस पता नहीं कहां चले जाते हैं आज तक थ्यूरी पता नहीं चलती है। ये तो भला हो कर्नल आर एस एन सिंह और जी बख्शी जैसे लोगों का इस लड़ाई को लड़ा लड़ने के बाद जो तथ्य है वो असल बात है इंपॉर्टेंट सरकार बदली वो अपनी जगह है लेकिन सरकार जिन बुनियादों पे बदली है सरकार को हम एक मिनट के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं जिस एजेंडे पे लाए हैं उससे एक कदम इधर से उधर नहीं होने देंगे यह जिम्मेदारी आपकी है वोट देकर के सत्ता में बिठाने के बाद जो लोग सो जाते हैं वो फिर हजार साल तक गुलाम रहते हैं पूरी ताकत के साथ सुभाष चंद्र बोस का केस लड़ा हम लोगों ने साल भर में तमाम दुनिया के डॉक्यूमेंट्स से लाके प्रूफ कर दिया आपके प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया माना तमाम तथ्यात्मक साबर हो गए और देश में पहली बार आज अक्टूबर है यह ध्यान रखिएगा पिछले अक्टूबर को भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाता है और दोबारा से झंडा फहराता है इसलिए कि ये अक्टूबर पे जाकर के झंडा फहराने की परंपरा सुभाष चंद्र बोस क्या थे वो दुनिया और आज की जनरेशन देखेगी आपको बताना नहीं पड़ेगा जब वह बच्चा सवाल करेगा आपसे कि दो बार झंडा क्यों फहराया गया है तो पता चलेगा एक बार फ्रॉड है एक बार ठीक है सुभाष चंद्र बोस चले गए तब वो प्रधानमंत्री बन पाए बेटी को बनना था तो बली ले ली शास्त्री जी की बेटे को बनना था तो मां की बली ले ली अब सवाल ये बलि दें किसकी इसलिए बन नहीं रहा कोई आप देखिए कि जो कहती है वो त्याग की देवी थी उन्हें अपना नाम त्यागी रख लेना चाहिए था दो ऐसे लोग जो बेहतरीन लोग थे उनकी पार्टी क्या थी वो छोड़ दीजिए दोनों प्राइम मिनिस्टर के पोटेंशियल कैंडिडेट थे एक का हवा में हवाई जहाज क्रैश होता है जिसमें पांच पत्रकार मारे जाते हैं एक सड़क पे दुर्घटना में मर जाता है आप में से सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे कोई कमीशन बना उनके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई कोई उनका पोस्टमार्टम हुआ क्या कांग्रेस के लोगों का पोस्टमार्टम करना मना है लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ यह परंपरा पुरानी है कोई नई नहीं, नहीं है